दोस्तों आज हम आपको हिंदुस्तान के एक ऐसे राज्य के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जहाँ की खूबसूरती पूरी दुनिया में मशहूर है हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है इस राज्य को यहाँ का खाना और यहाँ के लोग दोनों ही किसी का भी दिल जीत लेते हैं अगर आप धार्मिक हैं तो आप जरूर ये स्टेट विजिट करे क्यूँकी यहाँ आपको कई सारे बड़े बड़े मंदिर देखने को मिलेंगे यहाँ पर सबके चहेते दिलाई लामा का घर है दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं हसीन वादियों से घिरी हुई खूबसूरत राज्य हिमाचल प्रदेश की तो फिर देर किस बात की अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं हिमाचल प्रदेश की एक शानदार सफर पर सबसे पहले तो आपको बता दो कि हिमाचल प्रदेश की कुल आबादी है 70 लाख के आसपास बता दें कि हिमाचल प्रदेश की दो राजधानी शहर हैं, एक है शिमला और दूसरी है धर्मशाला और यहाँ पर कुल मिलाकर बारह जिले हैं हिमाचल प्रदेश लोक गाथाओं और सौंदर्य का राज्य है इसे यक्षों, गंधर्वों और किन्नरों का प्रदेश माना जाता है हिमालय पर्वत की गोद में बसे होने के कारण इसे हिमाचल प्रदेश कहते हैं पुराणों के अनुसार इस प्रदेश आरोप मौर्य कुशाण गुप्त कन्नौज वंश के राजाओं का शासन रहा है अंग्रेजों ने यहाँ के गोरखा लोगों को हरा के कुछ राजाओं से दोस्ती कर ली और कुछ अन्य राजाओं की रियासतों को अपने साम्राज्य में समाहित कर लिया था स्वतंत्रता के बाद 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया और उन्नीस में बिलासपुर को भी इसमें शामिल किया गया पंजाब रिओर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के अंतर्गत पंजाब के कुछ क्षेत्रों को हिमाचल में मिलाया गया हिमाचल को पच्चीस जनवरी उन्नीस को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और इसका आधे से ज्यादा क्षेत्र धौलादर रेंज की तलहटी पर स्थित है सात मीटर शिला हिमाचल प्रदेश राज्य में सबसे ऊंची पर्वत शिखर है जो देखने में बेहद खूबसूरत लगती है ये पूरा का पूरा राज्य ही हिमालय की गोद में बसा हुआ है और इसकी खूबसूरती का हर कोई दीवाना है सिंधु और गंगा नदी दोनों हिमाचल प्रदेश की गोद से ही निकली हैं। हिमाचल प्रदेश भारत के अन्य प्रदेशों के तरह बहुसंस्कृति और बहुभाषी प्रदेश है यहाँ बोली जाने वाली मुख्य भाषा हिंदी पंजाबी पहाड़ी डोंगरी मंडली कांगड़ी और किनौरी है हिंदू समुदाय में यहाँ पर ब्राह्मण राजपूत कन्नेत राठी और कोली है और आदिवासी जनजातियों में गार्डिस किन्नर गुज्जर पंगवाल और लाहौली है दोस्तों हिमाचल प्रदेश अपने हैंडलूम इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है हिमाचल की पश्मीना शॉल की मांग तो पूरे देश में है यहाँ के लोगों का त्योहारों में विशेष लगाव है और इनमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं यहाँ त्योहारों में पोरी लोहड़ी होली कुल्लू दशहरा बसाओ लोसर राखी और दिवाली मुख्य है यहाँ लोग हमेशा मस्ती करने के मूड में रहते हैं सबको नाचना गाना बहुत पसंद है और ये बस मौका ढूंढते रहते हैं नाचने गाने का जब तक यहाँ के लोग खुल नाचते नहीं तब तक यहाँ पर किसी का मन भरता नहीं हिमाचल प्रदेश का खाना इतना लजीज होता है कि आप अपनी उंगलियों को चाटते रह जाएंगे आप अगर नॉनवेज के शौकीन हैं तो मानो ये प्रदेश आपके लिए जन्नत है यहाँ पर कई तरह के नॉनवेज पकवानों को बनाया जाता है यहाँ जैसा मोमोज आपको कहीं आउट मिलेगा ही नहीं आप सफर के दौरान कम ऐसी कम एक बार तो ये मोमोज जरूर टेस्ट करेंगे हिमाचल का वातावरण काफी अच्छा है दो जुलाई दो को हिमाचल प्रदेश को देश का पहला धुआं मुक्त राज्य घोषित किया गया यहाँ पर आपको हर तरफ साफ सुथरा नजारा दिखेगा क्योंकि यहाँ के लोग साफ सफाई को लेकर बड़े सीरियस होते हैं। आपको यहाँ कोई भी गंदगी करते हुए नजर नहीं आएगा हालांकि ये बात अलग है कि जो लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं वो यहाँ पर गंदगी फैलाते हैं हिमाचल का मौसम भी बहुत ही कम का है चूँकि ये स्टेट चारों तरफ ऐसी पहाड़ों ऐसी घिरा हुआ है इसीलिए आपको यहाँ पर कभी भी गर्मी का एहसास नहीं होगा यहाँ जो भी आता है जून जुलाई के महीने में उसे पता चल जाता है कि यहाँ का मौसम कितना सुहावना और कितना अलग है जब पूरे देश में गर्मी पड़ रही होती है तब भी यहाँ पर ठंड होती है और इसीलिए इस समय लोग यहाँ ठंड का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं हिमाचल प्रदेश के लोगों का इनकम का मेन सोर्स है टूरिज्म और दूसरा है सेब की खेती आपको पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इसी स्टेट में सेब खाने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ सेब सबसे टेस्टी होती है इसकी मिठास अलग ही लेवल की होती है हिमाचल के सेब हर देश में एक्सपोर्ट किए जाते हैं यहाँ के लोगों के बीच में सेब की खेती करना सबसे पॉपुलर काम है इससे इनकी कमाई भी अच्छी हो जाती है और ये दुनिया में नाम भी कमाते हैं दोस्तों हमारे देश के हीरो शेर विक्रम बत्रा के बारे में कौन नहीं जानता जिन्होंने पाकिस्तान के सैनिकों को उनके गलत इरादों को तबाह करके रख दिया था अभी कुछ ही दिनों पहले कैप्टन विक्रम बत्रा की बायोपिक भी बनी है आपको जानकर खुशी होगी कि ये भी हिमाचल प्रदेश के ही रहने वाले थे इन्होंने हम सब के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी कैप्टन विक्रम बत्रा हिमाचल प्रदेश के पालमपुर के रहने वाले थे आज भी पूरा देश इन्हें सलाम करता है कैप्टन बत्रा तो आज हमारे बीच में नहीं है लेकिन इनकी यादें और इनकी वीरता की कहानी लाखों करोड़ों साल तक इस दुनिया में अमर रहेंगी हिमाचल प्रदेश को देवी का स्थान भी कहा जाता है यहाँ पर आपको कई सारे बड़े बड़े मंदिर देखने को मिलेंगे कांगड़ा देवी तारा देवी मंदिर के बारे में आपने यकीनन सुना होगा ये सारे मंदिर आपको हिमाचल प्रदेश में ही देखने को मिलेंगे यहाँ पर टूरिस्ट देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं अब हम आपको दिखाते हैं कि वो कौन कौन सी जगह है जहाँ पर की आप इस राज्य में घूमने के लिए जा सकते हैं और कितने पैसे खर्च करने होंगे नंबर वन इज शिमला दोस्तों शिमला उत्तरी भारत का सबसे पॉपुलर हिल स्टेशन है इसके अलावा शिमला 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित देश के सबसे फेमस पर्यटन स्थलों में से एक है खूबसूरत पहाड़ियों और रहस्यमयी जंगलों के बीच शिमला भारत की सबसे खूबसूरत जगह है शिमला की माल रोड रिज, ट्रेन, ियल आर्किटेक्चर यहाँ आने वाले पर्यटकों हनीमून कपल्स के लिए और परिवार वालों के बीच काफी पॉपुलर है शिमला में कई ऐतिहासिक मंदिरों के साथ ही कोलोनियल आर्किटेक्चर की इमारतें भी हैं। शिमला को ब्रिटिश भारत की अर्ली समर राजधानी कहा जाता है और इस शहर की शानदार प्राकृतिक सुंदरता और वातावरण किसी भी पर्यटक को दोबारा यहाँ आने के लिए मजबूर कर है नेक्स्ट इज मनाली मनाली पीर पंजाल और धौलाधार पर्वत माला की बर्फ के बीच स्थित देश के सबसे पॉपुलर हिल स्टेशन में से एक है मनाली समुद्र तल से 1950 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है जो राज्य के कुल्लू जिले का एक हिस्सा है मनाली अपने हरे भरे जंगल फूलों के साथ बिछे घास के मैदानों नीले रंग की धाराओं और ताजगी की लगातार खुशबू के साथ एक असाधारण प्राकृतिक स्थल है मनाली प्रकृति से प्रेम करने वाले पर्यटकों और लवर्स के लिए जन्नत के समान है इस हिल स्टेशन पर म्यूजियम से लेकर मंदिरों तक नदी की रोमांच से लेकर ट्रैकिंग ट्रैक्स तक गाँव से लेकर ऊबड़ खाबड़ गलियों तक यहां आने वाले पर्यटकों को अपनी तरफ खींचती है नेक्स्ट इज धर्मशाला धर्मशाला हिमाचल प्रदेश का एक बेहद खास पर्यटक स्थल है जो कांगड़ा से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है धर्मशाला को कांगड़ा घाटी का प्रवेश मार्ग माना जाता है यहाँ की बर्फ से ढके धौलाधार पर्वत श्रृंखला इस जगह को बेहद खास बनाती है धर्मशाला को दलाई लामा के पवित्र निवास स्थान के रूप में भी जाना जाता है ये शहर अलग अलग ऊंचाई के साथ ही ऊपरी और निचले डिविजन में बांटा गया है इसके निचले हिस्से को धर्मशाला शहर और ऊपरी डिविजन को मैकलोड गंज के नाम से जाना जाता है तिबेतन धर्म होने के नाते धर्मशाला को बौद्ध धर्म और तिब्बती संस्कृति को सीखने और जानने के लिए हिमाचल प्रदेश की एक बेहद खास जगह है नेक्स्ट स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश में स्थित स्पीति वैली हर तरफ से हिमालय से घिरा हुआ है जो समुद्र तल से 12,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है स्पीति घाटी के ठंडे रेगिस्तान बर्फ सिंह के पहाड़ घुमावदार सड़कें और सुरम में घाटियाँ आने वाले पर्यटकों को बेहद उत्साहित करती है हिमाचल प्रदेश की ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर वर्ष में लगभग 250 दिन धूप पड़ती है और ये देश के सबसे ठंडे स्थानों में से एक है नेक्स्ट इज कसौली कसौली चंडीगढ़ से शिमला के रास्ते में स्थित पहाड़ी शहर है जो शहरों की भीड़ से दूर एक शांतिपूर्ण जगह है कसौली हिमाचल के दक्षिण पश्चिम भाग में एक छोटा सा शहर है जो हिमालय पर्वत के निचले किनारों पर स्थित है देवदार के सुंदर जंगलों के बीच स्थित कसौली अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भव्य विक्टोरियन इमारतों के लिए रहस्यों के लिए भी जाना जाता है कसौली का शांत वातावरण और आकर्षक शांति इस जगह को हिमाचल के सबसे खास पर्यटन स्थलों में से एक बनाती है नेक्स्ट इज पालमपुर दोस्तों पालमपुर हिमाचल प्रदेश का बेहद खास पर्यटन स्थल है जो देवदार के जंगलों और चाय के बागानों से घिरा हुआ है राजसी धौलाधार रेंज के बीच स्थित पालमपुर अपने चाय बागानों और चाय की अच्छी क्वालिटी के लिए दुनिया भर में फेमस है पालमपुर को अब पहली बार अंग्रेजों द्वारा देखा गया था जिसके बाद इसे एक व्यापार और वाणिज्य के केंद्र के रूप में बदल दिया गया इस शहर में स्थित विक्टोरियन शैली की हवेली और महल बेहद खूबसूरत नजर आते हैं अब आप हिमाचल प्रदेश घूमने जा रहे हैं तो पालमपुर की सैर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आपको अब बताते हैं कि कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए आपको लगभग पर हेड बीस के आस खर्च करने पड़ेंगे जो की अफोर्डेबल है तो दोस्तों ये था हिमाचल प्रदेश आप में ऐसी अगर कोई है हिमाचल ऐसी तो हमें कॉमेंट्स में जरूर बताए ये भी बताना की आप कहाँ ऐसी है हिमाचल